सिंगरौली जिले में नशा तस्करी के विरुद्ध जारी अभियान में कोतवाली पुलिस ने पांच क्विंटल से ज्यादा गांजा एक ट्रक से जब्त कर तीन गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है सिंगरौली पुलिस को उड़ीसा ऐसी सूचना मिली थी जिस पर तस्करों की घेराबंदी की गई पुलिस को घेराबंदी के बाद बीजापुर बैडन रोड पर ट्रक को पकड़ा तो उसमें पांच क्विंटल से ज्यादा गांजा मिला गांजा तस्करी के आरोपी अमित कुमार पटेल अपू पटेल निपेंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है आज रात्रि में से इस ट्रको फोर एट वन से गाजा मादक पदार्थ का अम्बिकापुर छत्तीसगढ़ होते हुए बरापान के बॉर्डर से रीवा तरफ के लिए परिवर्तन किया जा रहा है इस सूचना पर हमने तत्काल सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और पंद्रह टीम कुतवाली थाने की गठित किया तीन बुलेरो वाहनों से हम लोग छत्तीसगढ़ के आज जो हमारा बड़ा पर बॉर्डर पड़ता है वहां पर हम लोग जाकर के नाका बंदी किए देर रात ही उक्त ट्रक छत्तीसगढ़ से मध्यप्रदेश के सीमा में प्रवेश किया जैसे ही ट्रक ने प्रवेश किया पुलिस तो दल ने घेराबंदी करके उसको तत्काल चारों तरफ से उसको घेर लिया और उसको हम लोगों ने पकड़ लिया और जब ट्रक की हम लोगों ने तलाशी लिया तो ट्रक में एक जो बोरिया है वो पोहे की लौट की और ट्रक के ट्राले में अगले भाग में पोहे की बोरियों के नीचे 24 बोरों में गांजा मादक पदार्थ भरा हुआ पाया गया जिसका हम लोगों ने मौके पर भजन किया और कुल 500 5 किलो करीबन गाजा मादक पदार्थ बरामद हुआ इसकी मौके पर जब्ती की गई संगीत स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक ता।